हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं मूले के चूर्ण का जो पतंजलि की प्रोडक्ट है आ, मैं उसे लगभग रोज़ लेता हूं और इससे मुझे बहुत ही बेनिफिट हुआ है आ, मेरे पेट में कॉन्स्टिपेशन की जो बीमारी थी गैस एसिडिटी जैसी जो बीमारियां हैं जिसकी वजह से सारे रोग होते हैं तो उसमें मुझे बहुत ही बेनिफिट हुआ है इससे तो मैं क्या करता हूँ कि एक मुखवास जो होता है जिसमें एक सॉफ्ट यूजुअली मैं खाता हूँ तो उसको लेकर उसके अंदर ये मुलठी का चूर्ण मैं मिक्स कर देता हूँ और फिर जब भी खाना खाता हूँ तो थोड़ा सा ये मुखवास खा लेता हूँ उसके अंदर ये मुलठी का चूर्ण जो होता है वो आ, थोड़ा सा आ जाता है जिससे मेरी कॉन्स्टिपेशन की बीमारी जो है और गैस की जो प्रॉब्लम थी और एसिडिटी का जो प्रॉब्लम था वो बहुत ही उसमें फ़ायदा मुझे दिखा है तो इस तरह से आप जो देख रहे हैं वीडियो में उस तरह से मैं सौफ़ को लेके तो उसको लेके उसके अंदर ये चूड़ थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया है और पूरा इसको मैं हिला के मिक्स कर दूंगा और पूरा मिक्स हो जाने के बाद इसे खाने के बाद थोड़ा सा आप एक चम्मच दो चम्मच जितना आप खा सकते हैं और आ, आ, इससे बहुत बेनिफिट होगा आ, फिर भी ये कोई मेडिकल सलाह नहीं है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आ, कितना डोज लेना चाहिए और किस तरह से ये खाना चाहिए ये बेनिफिशियल आपके लिए है कि नहीं उसके लिए आप पतंजलि के डॉक्टर या किसी भी फिजिशियन जो होता है उसकी सलाह लेके करें ये मैंने बहुत ही कम मात्रा में लिया हुआ है आधा चम्मच जितना जिसमें चूर्ण आएगा तो ये बहुत साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है लेकिन बहुत बेनिफिशियल है ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए धन्यवाद